ये दो बातें आपकी लाइफ में जानने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये बातें आपको लाइफ में गिरने नहीं देंगी समझदार इंसान हमेशा अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता है और उसे सुधारता है और उसे कभी नहीं दोहरा था बात नंबर दो बीते हुए को कभी नहीं बदला जा सकता लेकिन फ्यूचर को यकीन बदला जा सकता है प्रेजेंट के साथ वो प्रेजेंट को सुधार कर ऐसे ही मोटिवेशनल फैक्ट को देखने के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करे थैंक्स फॉर वॉचिंग